फरान की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से कम होने लगी और वो गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा इरा के बारे में कोई ऐसा कुछ कहे ये ध्रुव को हरगिज मंजूर नहीं था इसलिए वो अपने गुस्से को काबू भी नहीं कर पाया दरअसल इरा ध्रुव के दिल के एक ऐसे कोने में थी जहां ध्रुव किसी और को आने नहीं दे सकता था तभी ध्रुव को पीछे से इरा की आवाज सुनाई पड़ी ध्रुव मुकाबला करो इससे इसके साथ ही ध्रुव को महसूस हुआ कि एक नाजुक हाथ उसकी मुठ्ठी को धीरे से थामने लगा और इरा का हाथ अपने हाथ पर पड़ते ही ध्रुव ने गहरी सांस ली और इरा की तरफ नजर घुमाई इसके तुरंत बाद ध्रुव इरा के कानों के पास पहुंचा और उसकी सांस से निकलती गरमाहट से इरा का चेहरा लाल होने लगा तभी ध्रुव ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा इरा छह महीने बाद मैं इस बाइट कैंग का नामो ही मिटा दूंगा मैं जानती हूं तुम ऐसा जरूर करोगे कहते वक्त इरा मुस्कुरा रही थी और उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट में इराका यकीन झलक रहा था वो अच्छी तरह जानती थी कि फरहान ने उसके बारे में ऐसा कहकर ध्रुव के दिल में कैसी आग जला दी थी जिसे बुझाना अब शायद किसी के बस में नहीं था उसके बाद ध्रुव धीरे से मुड़ा और उसने थोड़ी दूरी पर खड़े फरहान को देखकर कहा तो शुरुआत करें इस मुकाबले की वहीं ध्रुव की बात सुनकर फरहान ने हल्की हैरानी के साथ कहा लड़के तुझ् हिम्मत तो बहुत है ठीक है तो फिर आज मैं भी तो देखू की इस कमजोर ग्रुप का लीडर जिसके नाम से पूरा अंदरूनी हिस्सा हिल गया है आखिर असल में है कितना ताकतवर और उस बड़े मुकाबले की शुरुआत होते देख आसपास खड़े सभी लोग कुछ कदम पीछे हट गए ईशान के साथ खड़े सीनियर्स ने भी ध्रुव का काफी नाम सुन रखा था इसलिए वो खुद भी अपनी आंखों से यह देखना चाह रहे थे कि लोगों की बातों में कितनी सच्चाई थी तभी वो लोग आपस में बात करने लगे पता नहीं ये ध्रुव फरहान के सामने टिक भी पाएगा या नहीं क्यूँकि अगर वो ये मुकाबला हार गया फिर तो उसकी बहुत बेजती हो जाएगी अरे हारेगा कैसे नहीं तुम्हें पता है फरहान पिछले महीने ही तीन सितारों वाला द्रोण बन चुका है इस ध्रुव ने चिराग को तो मुकाबले में हरा दिया लेकिन इसके लिए से लड़ना खतरनाक के साथ साथ काफी मुश्किल भी होगा से से तो इज्जत बल्कि इसकी बंदी भी हमारे ग्रुप में आ जाएगी तब तो मजा ही आ जाएगा लेकिन ध्रुव तो आसपास होती बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करता रहा बल्कि उसने तो धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और वो तुरंत अपने हाथों से अजीब सील बनाने लगा फिर जैसे जैसे ध्रुव वो सील्स बनाता गया वैसे वैसे उसके बवंडर से हरे रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी और आखिर में वो रोशनी उसके शरीर से भी बाहर आने लगी इस वक्त ध्रुव के शरीर के हर हिस्से से वो खतरनाक रोशनी बाहर निकलती गई और आखिर में ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा रहस्यमय स्काई फायर तकनीक हरे कमल का पहला पड़ाव ध्रुव के इतना कहते ही अचानक से उसके शरीर से निकलती हरे रंग की रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ गई इस रोशनी के बढ़ने से किसी को भी ध्रुव नजर ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो फिलहाल पूरी तरह उस चमकती रोशनी से ढका हुआ था उसके बाद वो रोशनी कुछ देर तक तो जलती रही लेकिन फिर धीरे धीरे वो वापस ध्रुव के शरीर के अंदर चली गई इस दौरान की उस तादाद को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब एक ताकतवर द्रोन रैंक का योद्धा बन गया था वही ध्रुव को इस तरह अपनी शक्तियां बढ़ाता देख सामने खड़ा फरान दंग रह गया इसने इसने मनमर्जी अपनी शक्तियां इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा ली अच्छा अब मैं समझा कि इसने चिराग को कैसे हराया था लेकिन शायद इसे पता नहीं है कि इसकी खास तकनीक इसके लिए ही नुकसान की वजह बनने वाली है इसकी ये तकनीक कुछ ही वक्त में खत्म हो जाएगी और तब इसका शरीर पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाएगा ध्रव <laughs> श्योर है क्या यही है तुम्हारा हुक्म का इक्का यह कहते वक्त परान समझ गया था कि ध्रुव अचानक से अपनी शक्तियां कैसे बढ़ा पाया था फिर उसकी वजह समझ वो हंसने लगा क्योंकि उसे लगा कि यह मुकाबला वो ही जीतने वाला था लेकिन उसकी हंसी को ध्रुव ने पूरी तरह नजरअंदाज कर अपनी तलवार बाहर निकाली और पीछे मुड़कर बिजोरा से कहा नजर रखना इस पर ने हामी भरते हुए ध्रुव उस तो उसे तो मैं देख लूंगा वैसे भी मेरे हाथ में सुबह से खुजली हो रही है लड़ने की लेकिन तुम अपना ध्यान रखना यह फरान चिराग से ज्यादा ताकतवर समझ आ रहा है यह सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया फिर वो दोबारा फरान की तरफ देखने लगा उसके बाद ध्रुव ने धीरे से अपना पैर हवा में उठाकर जैसे ही उसे जमीन पर पटका तो एक छोटा सा धमाका हुआ और ध्रुव परछाई में बदल गया हुए आजा, आज मैं तुझे बताता कि एक ताकतवर द्रोण किसे कहते हैं तेरी ये कुछ वक्त की ताकत मेरी हमेशा की ताकत से मुकाबला कर ही नहीं सकती ध्रुव इतना कहते उसका शरीर नीले रंग से चमकने लगा और उसके हाथों में एक नीले रंग का त्रिशूल आ गया वही उस त्रिशुल को हाथ में पकड़कर फरान भी उससे ध्रुव पर हमला करने लगा और जैसे ही ध्रुव की काली तलवार फरान के नीले त्रिशुलरान तो ने भी पीछे होते हुए कहा तेरी ताकत तो कुछ ज्यादा ही है लड़के फरहान ने देखा था की ध्रुव पर हथियार टकराने पर उसे ज्यादा असर हुआ था जिसे देखकर फरहान मुस्कुराते हुए एक बार फिर आगे बढ़ने लगा जो इस वक्त नीले रंग की शक्तियों से घिरा हुआ था और उसके हाथ का त्रिशूल किसी खतरनाक जानवर की तरह ध्रुव को जख्मी करने की फिराक में था वहीं उससे निकलती शक्तियां काफी ज्यादा ठंडी थी जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी उसके बाद जैसे ही वो त्रिशूल ध्रुव के करीब आया तो ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार उसके सामने लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की इस दौरान नीले और हरे रंग की शक्तियां आसमान में फैलने लगी थी और साथ ही आसपास का इलाका एक अजीब से कोहरे से भर गया था इस घने कोहरे की वजह से आस मौजूद लोगों को कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था फिलहाल चिंगारियां दिख रही थीं और हथियार टकराने की आवाज सुनाई पड़ रही थी वहीं उस खतरनाक मुकाबले से निकलती जोरदार शक्तियों की वजह से हर किसी को कुछ कदम और पीछे हटना पड़ गया इतने में लीजा ने वो टक्कर का मुकाबला देखकर परेशानी के साथ से कहा, इरा, क्या ध्रुविस फरान को हराने में कामयाब होगा लेकिन इरा ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो भी अपनी मुठ्ठी बंद कर मुकाबला देखती रही तभी बिजौरा ने कुछ सोचकर अपनी भारी आवाज में कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ और बिजौरा ने यह बात कही ही थी कि अचानक वहां एक तेज धमाका हो गया उस धमाके की आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक को झंझोर कर रख दिया था और सभी तुरंत अपने कानों पर हाथ रखने लगे इतने में वो कोरा छटना शुरू हुआ और लोगों को दिखाई दिया कि दो लोग पैर घसीटते हुए अलग अलग दिशा में जा रहे थे तभी फराम ने अपने आप को रोकते हुए कहा तुझमे ताकत तो बहुत है लड़के शायद इसीलिए तुझमें गुरूर भी इतना ज्यादा है के, के बाद वो फरान से टक्कर का मुकाबला कर पा रहा था लेकिन इसके बावजूद इस तकनीक की अपनी कमियां भी थी ध्रुव इस बात को समझ रहा था की जैसे ही उस तकनीक का असर खत्म होता तो उसे फरान के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती इस दौरान फरान ने भी ध्रुव के चेहरे की परेशानी को गौर से देखा और उसने हंसते हुए अपने त्रिशूल में शक्तियां भरनी जारी रखी अगले पल उसका त्रिशूल बहुत ही गहरे नीले रंग का हो गया और साथ ही फरान का चेहरा भी अजीब सा नीला पड़ने लगा वहीं फरान के त्रिशूल में इतनी ज्यादा शक्तियां इकट्ठा होते देख ध्रुव के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी उसे समझ आने लगा था कि फरहान का अगला हमला अब तक का उसका सबसे खतरनाक हमला होने वाला था तभी अचानक फरान का त्रिशूल तेज रफ्तार में गोल घूमने लगा और फरान ने उसे ध्रुव की तरफ फेंकते हुए कहा चलो तो के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते उसके हाथ का त्रिशुल अचानक से शक्तियों से बने शार्क में बदल गया जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था उस शार्क का मुँह शक्तियों से भरा हुआ था और उसके नुकीले दांत भी नीले रंग के थे उसे देखकर अचानक सिद्व के ग्रुप के लोग घबराने लगे क्योंकि वो शार्क एक ही हमले से किसी को भी खत्म कर सकता था दरअसल शक्तियों को इस तरह जानवरों या किसी खतरनाक चीज में बदलने के लिए कम से कम द्रोण रैंक की शक्तियों की जरूरत पड़ती थी जिस तरह दक्ष रैंक का योद्धा शक्तियों से कवच बना सकता था और महादक्ष और ज्यादा मजबूत शक्ति कवच उसी तरह से द्रोण की शक्तियों से बने जानवर की ताकत बहुत ज्यादा होती थी इसके अलावा अगर शक्तियों से बने इस जानवर का इस्तेमाल किसी खतरनाक तकनीक के साथ किया जाए फिर तो वो तकनीक पांच गुना तक खतरनाक हो सकती थी इस वक्त ध्रुव देख रहा था कि दस फुट बड़ा शार्क तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। वहीं थोड़ा और गौर से देखने पर ध्रुव को शार्क के पेट के पास वो नीले रंग का त्रिशूल दिखाई दिया इसके अलावा उस शार्क के खौफनाक चेहरे को देखकर ध्रुव के माथे पर हल्की घबराहट दिखने लगी इसने ध्रुव हरे रंग की रोशनी को तेजी से बाहर निकालने लगा और उसने तुरंत अपनी तलवार उठाकर उसमें वो रोशनी भरनी शुरू कर दी फिर जैसे ही ध्रुव की तलवार उस हरे रंग की रोशनी से भर गई तो उसने धीरे से उस तलवार को सिर के ऊपर उठाया और अपनी, तो अपनी तलवार से उस नीले शार्क पर हमला किया जैसे वो शार्क को दो टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहा था और ध्रुव की तलवार नीचे आने पर सभी लोगों को दिखा की आसपास का कोहरा अचानक से बढ़ने लगा और साथ ही उस जगह का तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ गया इसके अलावा ध्रुव के हमले की गर्मी की वजह से फरान के आसपास फैला पानी भाप में बदलकर उड़ने लगा इसके बाद जब दोनों के हथियार एक दूसरे से टकराए तो एक तेज धमाका उस इलाके में गूंज उठा इस धमाके के साथ ही ढेर सारा कोहरा हर तरफ फैल गया जिसे देखकर फरान के चेहरे का रंग बदलने लगा फरहान देख रहा था कि उसका त्रिशूल फिलहाल ध्रुव के तलवार में फंस गया था और तलवार से लिपटी हरे रंग की रोशनी पानी की शक्तियों से टकरा बुझने की बजाय उस पानी को ही भाप में बदल रही थी ये एक ऐसी चीज थी जो फरहान ने बिल्कुल नहीं सोची थी इस दौरान फरान कसकर त्रिशूल पकड़े हुए था और अचानक से तलवार की शक्ति की वजह से उसके हाथ लगे। का चेहरा भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था ध्रुव लगातार फरान की आंखों में देख रहा था जो उससे तकरीबन दो फुट की दूरी पर खड़ा था तभी अचानक उसके चेहरे पर फरान की हैरानी देख एक मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत धीमी आवाज में फरान से कहा तेहरी इतनी हिम्मत की तूने मेरी राह के बारे में सोचा बेचारी राह को तेरी गंदगी से भरी आवाज सुननी पड़ी अब तेरी बारी है ध्रुव ने अपने वाली दहाड़ लगाई और वो दहाड़ किसी बिजली फटने जैसी सुनाई पड़ी जिसके चलते सभी लोगों ने तुरंत अपने कान बंद कर दिए लेकिन जितनों ने भी वो दहाड़ थोड़ी बहुत भी सुनी थी उनके कान जोर से दुखने लगे थे और सभी की रूह तक कांप गई थी मगर ध्रुव की दहाड़ का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हुआ था तो वो थार खड़ा था और क्योंकि वो अंदाजा भी नहीं लगा पाया के ऐसे हमले का वो वक्त पर पीछे भी नहीं हट सका वही ध्रुव की वो दहाड़ सुनते ही फरहान के हाथ अचानक से कांपने लगे और उसके कानों से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा इस वक्त फरान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था जिस वजह से वो घबराने लगा की कहीं उसकी सुनने की काबिलियत तो नहीं चली गई थी और जिस वक्त फरान इस घबराहट में उलझा हुआ था उस वक्त ध्रुव ने मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार तुरंत वापस खींची फिर अगले ही पल ध्रुव सीधे किसी बंद की जिसकी कड़कड़ाहट दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और फिर पचास से भी ज्यादा लोगों के सामने उसने फरान पर एक जोरदार हमला किया जैसे ही ध्रुव की मुठ्ठी फरहान से टकराई तो एक तेज आवाज सुनाई पड़ी और सभी ने देखा की फरान उड़ते हुए हवा में गोल घूमकर जमीन पर जा गिरा वो इतनी बुरी तरह जमीन पर गिरा था कि लोग सोचने लगे कि आखिर वो जिंदा था या फिर ध्रुव ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी और फरान के जमीन पर गिरते ही उस इलाके में खौफनाक सन्नाटा छा गया जिसमें बहुत से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए फरान के इस तरह हारने का बदला वाइट कैंट ध्रुव से कैसे लेगा जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन इनलीपर यूथ था सिर्फ पॉकेट एटम्पर